नमस्कार साथियों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में दोस्तों एक नई कहानी के साथ आपके सामने आना चाहूंगा और आशा करता हूं लॉकडाउन खुल रहा है वैसे-वैसे आप लोग अपने जीवन शैली को फिर से बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं आज एक कहानी के साथ आपके सामने आना चाहूंगा कृपया ध्यान से सुनिएगा दोस्तों एक देश है हेती। जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और ये लगभग तीन दिशाओं से समुद्र से घिरा हुआ है और उत्तरी जो अटलांटिक महासागर है वहां स्थित है दोस्तों यहाँ एक परिवार हुआ करता था इस परिवार में कोई खास मेहमान आने वाले थे जिन्हें अंडे खाने का बड़ा शौक था जब वह मेहमान वहां पहुंचे तो दो और तीन दिन तक उस परिवार ने उन्हें अंडे खिलाए उन्हें बहुत अच्छा लगा परंतु तीसरे दिन क्या हुआ जो पुल था उस गांव को जोड़ने वाला जहां से ट्रांसपोर्ट के द्वारा वहां सामान पहुंचा करता था अंडे पहुंचा करते थे अचानक वो पुल टूट गया और पुल के टूटने से यातायात बंद हो गया मेरे दोस्त यातायात बंद हुआ ये परिवार मायूस हो गया की अब अपने उस मेहमान को अंडे कैसे खिलाए दोस्तों ये परिवार परेशान हो गया की उन्हें अंडे कहाँ से खिलाए मेहमान ने उस परिवार के मुखिया से पूछा कि आज तक तो आप लोग बहुत हंसी खुशी से मुझे खाने में अंडे खिला रहे थे लेकिन आज आपके खाने में अंडे नहीं है और आपके जो चेहरे हैं वो बहुत मायूस हैं ऐसा क्यों है दोस्तों उस परिवार ने उस मेहमान को बताया कि जिस मार्ग से अंडे आया करते थे उस मार्ग पर एक पुल है वो पुल टूट गया जिसके कारण अंडे आने बंद हो गए दोस्तों एक बड़ा खूबसूरत सा जवाब उस मेहमान की तरफ से आया और उस मेहमान ने उनसे एक सवाल पूछा और वो सवाल सिर्फ इतना सा था आप लोग मुर्गी क्यों नहीं पालते आपको अंडे खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और यदि फुल टूट भी जाए ट्रांसपोर्ट बंद हो जाए तो भी मुर्गी आपको लगातार अंडे देती रही और उस परिवार ने बोला कि ये आइडिया ये विचार तो हमारे मन में पहले आया ही नहीं हमने सोचा ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता दोस्तों जब हम लॉकडाउन से बाहर निकल रहे हैं मेरे बहुत से युवा साथी हैं जो अपना घर छोड़कर नौकरी के लिए गए थे परंतु लॉकडाउन के कारण कोरोना के कारण आज अपने घरों में फिर से वापस आ गए हैं, और उन्हें अब आसान नहीं है कि वो फिर से वापस जॉब पा सके या फिर वापस अपनी नौकरी को प्राप्त कर सके ऐसी स्थिति में दोस्तों एक तो फिर से आपके सामने तीन सुझाव रखना चाहूंगी हमारे दिमाग के अंदर जैसे उस मेहमान ने कहा कि आप मुर्गी क्यों नहीं पाल लेते तो परिवार कहता है कि कि हमें तो मालूम ही ही ही नहीं नहीं नहीं हमारे हमारे मन में ये आया ही। हमारे में ये ये आया मस्तिष्क विचार उत्पन्न हुआ कि हम को पाल आप पहली बात दोस्तों आप अपने कौशल के अनुसार योजना बनाएं और उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें याद रखें दोस्तों जो मेहमान आया था उसने संसाधन जमीन के अंदर नहीं परंतु तो अपने दिमाग के अंदर खोजे और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि संसाधन हमारे दिमाग में होते हैं हमारे मस्तिष्क में होते हैं। दूसरी बात साथियों कौशल पर ही काम करें बहुत से लोग ऐसे होते हैं घर आने के पास सोचते हैं कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे और एक बहुत बड़ा बजट भी बना लेते हैं जो कि उनके पास होता नहीं है और आखिर में उनका वो प्लान सक्सेस नहीं हो पाता है सफल नहीं हो पाता है दोस्तों अपने कौशल पर ध्यान दे और उसको उन्नत बनाएं उसको और अधिक उसको संवारें ताकि आप जब उस काम को स्टार्ट करें उस कौशल के अनुसार अपनी योजना को आगे बढ़ाए तो आपको आसानी हो दो सौ तीसरी बात है कि कम लागत के साथ अपने स्थानीय जो स्रोत हैं स्थानीय जो जगह हैं उनको खोजें और वहां पर काम करें दूर जाने के कारण आपको कई सारे नुकसान होते हैं और कई समस्याओं का आपको सामना भी करना पड़ता है जिसमें किराया समस्या और अन्य बहुत सारी चीजें सम्मिलित हो जाती हैं। दोस्तों कम लागत के साथ अपने स्थानीय क्षेत्रों में काम करने की कोशिश करें और वहां पर अपने कौशल को स्थापित करें ये तीन सुझाव है दोस्तों में आपको देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि इन तीन सुझावों से आपका जो जीवन है और इस कोरोना के बाद वो आसान होना शुरू हो जाएगा धन्यवाद